किस्मत किस्मत किस्मत <laughs> मेरे दोस्त किस्मत का क्या है ये तो पलटती है रहती किस्मत को देख दिल छोटा किया नहीं करते रुक गए आज तो पछताना पड़ेगा कल को क्योंकि अगर पानी हो मंजिल तो कदमों को गिना नहीं करते